गूगल के बारे में कौन नहीं जानता लेकिन एक ऐसी चीज जो कई लोग नहीं जानते तो मजेदार जानकारी देंगे तब तक चैनल को फॉलो कर लो दोस्तों अगर आपने गूगल पे गलती से ये पांच चीजें सर्च कर ली तो देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। नंबर वन आपने गूगल में डू बैरल रोल टाइप करके सर्च किया तो गूगल का पूरा पेज घूमने लगेगा नंबर टू अगर आपने गूगल पे गूगल ग्रेविटी टाइप करके सर्च किया तो पूरा गूगल पेज नीचे गिर जाएगा जैसे की ग्रेविटी आ गई हो नंबर थ्री अगर आपने गलती ऐसी गूगल पे जब रश टाइप किया तो आपके पूरे सर्च रिजल्ट को ये सर्कल खा जाएगा और लास्ट में ये सर्कल ऐसी डबल जी लीक जाएगा नंबर फोर आपने अगर गूगल पे गूगल फिर सर्च किया तो आपके गूगल पेज तैरता हुआ एक फुटबॉल जैसा बन जाएगा नंबर फाइव आपने अगर गूगल पे गूगल अटारी ब्रेकआउट गेम सर्च किया तो आपके सामने एक गेम चलने लगेगा